वालेकुम असलाम बेटे वालेकुम बेटे आज हम लोगों ने काफी आ, करना है कवर तो अगर आप लोगों का कोई एक्सेस है बच्चों के साथ तो उनसे कहीं हर जल्दी आ जाए वालेक वाले बेटा अलहमद ला बेटा फाइन वालेकुम स वालकुम वैल अम बेटे जब हम 38 कर जाएंगे तो वी आई एल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ठीक है 22 स्टूडेंट्स राइट ऑनलाइन जी बेटे मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र अभी भी थर्टी नहीं हो रहे बच्चे पूरे हैं और आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है काफ़ी चीज़ें कवर करनी है हमने अच्छा आप लोगों ने कल मैं मेरी डायरेक्शन मैंने भेजी थी मेरी डिटेल से वो कर ली हैं बेटे कल बाकी जो ब्लड प्रेशर वाला चैप्टर मैंने कहा था देख लेने वो देख लिया आपने और माइक्रो सर्कुलेशन का जो पार्ट ए है वो भी पढ़ लिया होगा हाँ ठीक है बेटे जो नहीं आ रहे उन बस वो फिर बाद में खुद तो ही देख लेंगे इंशाल्लाह ठीक है ना ओके सो वील स्टार्ट 29 हो गए आई थिंक दिस इज डी एंड नाफ कंसिडरिंग योर क्लास इट, मैंने कल बात की थी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर्स की अब होगा ये कि पहले मैं बात कर लूँ ठीक है uh, बहुत ज़ोर से बेटे का क्वेश्चन आ रहा होना और रेलेवेंट हो ठीक है वो आपने कर लेना है वरना आपने थोड़ी देर के लिए खामोश रहना ठीक है, है और मैं आपको टाइम दूंगा उसमें आप सवाल कर लेंगे मैं स्लाइड बाईड स्लाइड जाऊँगा और मैं हर साइड पे खामोश हूँ आपको क्वेश्चन करने के लिए कहूंगा तो आप उसको बोल लेना ठीक है पहले मैं थोड़ा सी समराइज़ कर रहा हूं कि आर्टेरियल प्रेशर बेसिकली हमने चार देखे थे सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये हमने कल डिटेल में कर लिया था ठीक है तो इसमें से तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा फिर जो तीसरा था वो पल्स प्रेशर था इसका भी काफ़ी हद तक हमने एंड में बिल्कुल मैंने हल्की सी आपको हिंट्स दे दी थी उसका थोड़ा सा मैं टच कर लेता हूँ और फिर आखिरी जो है वो मेन आर्टीरियल प्रेशर है दिस इज वेयर वी लेफ्ट यस्टडेज लेक्चर ठीक है यस्टडेज लेक्चर से कोई सवाल है ओके ऑलराइट। सो पल्स प्रेशर पल्स प्रेशर जैसे मैंने कल भी कहा था इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ठीक है सिस्टोलिक uh, अगर 120 है डायस्टोलिक अगर 80 है तो उसको माइनस करके 40 आ जाता है तो 40 जो है जनाब वो आपका पल्स प्रेशर है ठीक है पल्स प्रेशर बेटे ये होता है जो आप अपनी जो नव्स लेते हैं वो उस प्रेशर को पल्स प्रेशर कहते हैं ठीक है, है? मतलब वैसे याद रखने के लिए और आ, आ, इसमें क्योंकि सस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स आ हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर जिस चीज़ से इफेक्ट होगा और डायस्टोलिक प्रेशर जिस चीज़ से इफेक्ट होगा वो सारे फैक्टर्स इसके खाते में भी आएंगे पल्स प्रेशर के खाते में जाहिर है भाई अगर ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पे डिपेंड कर रहा है तो ये सिस्टोलिक प्रेशर जिस पे डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रोक वॉल्यूम पे ठीक है नहीं बेटे सेम नहीं होता वैस मैंने कहा है अगर वन हो और स्टोलिक और अगर एटी हो डस्टोलिक तो फोर्टी होता है बेसिकली आपने जो भी उसका सिस्टोलिक आ रहा है और जो भी उसका डायस्टोलिक आ रहा है ना उसको आपने माइनस कर देना सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक तो वो उसका फिर आ, वो होगा पल्स प्रेशर होगा अच्छा तो हमने हमने कल पढ़ा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो डिटरमिन करता है को, और वेस्कुलर कंप्लाइंस आर्टीरियल कंप्लाइंस इन स्पेसिफिक ये डिटर्मिन करती है डायस्टोलिक प्रेशर को ठीक है तो ये दोनों अवामिल स्ट्रोक वॉल्यूम को भी ऑब्वियसली इफेक्ट करते हैं ठीक है Uh, बाकी uh, वो एग्जाम्पल्स हैं वो उसको आप रहने दें ठीक है नेक्स्ट वी गो ऑन टू मीन आर्टीरियल प्रेशर अभी मीन आर्टीरियल प्रेशर में थोड़ा सा uh, जो आपने बात है कि याद रखनी है बेटे ये अरिथमेटिक मीन नहीं है ठीक है ये अरिथमेटिक मीन नहीं है ये एक एवरेज है ओवर टाइम आप ये समझें कि हम एक एक आर्टरी को देखते रहते हैं फॉर समाइम और उसमें हमने वो uh, एक आला लगाया वो होता है होता जो उसका ब्लड प्रेशर नाप रहा होता है ठीक है तो ओवर टाइम हम ये देखते हैं कि उसमें कितनी वेरिएशन आती है उस, उस ब्लड प्रेशर में ठीक है है अब इसमें आप आ, आ, का सवाल बनता है कि जी नहीं होती अगली बीट से या पिछली बीट से हार्ट एक इंसानी चीज है ठीक है सर, वो एरे या मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं होती बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बायोलॉजिकल सिस्टम में ऊंच नीच होती रहती है ठीक है तो एक स्ट्रोक वॉल्यूम दूसरे स्ट्रोक वॉल्यूम या तीसरा स्ट्रोक वॉल्यूम हल्की फुल्की कुछ एमएल इधर कुछ एमएल उधर के फर्क पड़ते रहते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी हल्के पुलके डिफ्रेंसेज आते रहते हैं ठीक है ये वन ट्वेंटी बाई भी कोई रूल ऑफ थम नहीं है इनफैक्ट ये एक मेन uh, वैल्यू है एक पूरी रेंज है बेटे नॉर्मल सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर्स की और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर्स की भी नॉर्मल रेंज है उस रेंज के रेंज से मुराद ये कि अगर हम मिसाल तौर पर सीबीसी करवाते हैं अपना ठीक है आपका हीमोग्लोबिन आता है जनाब अली इफ़ यूर अ मेल आपका हीमोग्लोबिन आता है 13 ठीक है तो आपने कभी लैब रिपोर्ट अगर देखी हो तो उसके सामने उसकी एक रेंज आई हुई है कि भाई बारह से पंद्रह या सोलह जो है डिपेंडिंग ऑन द लैब वो वहाँ तक अगर हीमोगलोबन मिलीग्राम पर डेसीटर आ जाए ठीक है तो वो नॉर्मल है अब ये रेंज क्या है रेंज का मतलब ये है कि अगर आपका उस, उसके दरमियान रेंज में कहीं भी आ रहा है आप नॉर्मल हैं ठीक है ना तो ये वेरिएशंस नॉर्मल के वेरिएशंस आती रहती है हाँ, इस पीछे नहीं जाना चाहिए और इससे आगे नहीं जाना चाहिए रेंज से पीछे और रेंज से आगे जो है वह गड़बड़ है वह उसको हम एब कहते हैं ठीक है सो ब्लड प्रेशर में सर्कुलेशन में जब ब्लड जो है फ्लो कर रहा होता है तो प्रेशर की हल्की फुल्की चेंजेस आती हैं वो उसकी खैर है वो मतलब मसान बहुत ज्यादा चेंज नहीं आना चाहिए इसको बेटे कुछ लैब आ, वो यूनिट्स में डील करती है ना कुछ लैब लैब्स परसेंटेज के लिहाज से उसको मेंशन करेंगी कुछ उसको मिलीग्राम पर डेसी वगैरह के लिए। लैब लै मैं उसकी यूनिट्स की बात कर रहा हूँ ठीक है और आ, दूसरी बात ये कि इवन किताबों में even normal ranges जो है वो भी कभी कभार different मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था resting membrane potential अब इतनी आ, fundamental बात है yes आपको हैरानगी होगी खैर आपको इनशाला इसका कभी experience नहीं होगा क्योंकि आपका वैसे भी course limited है आपने किताब एक आ, जो भी लेनी है वो एक आधी लेनी है लेकिन अगर आप मुख्तु किताबें physiology की देखें तो resting membrane potential की value मुख्तलि किताबों में मुख्तलिफ है ठीक है ज़्यादातर -90 लिखती हैं लेकिन -80 वाली भी मौजूद है वो भी स्टैंडर्डाइज्ड टेक्सट बुक्स हैं जो -80 लिखती हैं। तो बात ये है कि अब आप हो गए हो बड़े ठीक है अब वो मैट्रिक और एव जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना आप रियलाइज करते हो कि यार चीज़ों के जो बचपन में हम सोचते थे ना कि यार सिर्फ इसको देखने का यही एगिया है नहीं जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके और जाविए भी निकल आते हैं फिर आपको हैरत होती है कि यार बचपन में तो मैं ये सोचता था यह सोचती थी ठीक है तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती है तो आपको, ये लग, आपको ये पता लगता है कि अच्छा नैल्यूज इनज ऑफ नॉर्मल वैल्यूज ठीक है तो आज आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ खैर कमिंग बैक टू मीन आर्टिनियल प्रेशर प्रेशर का जो लव्ज मीन है उसका मतलब इट इज एन एवरेज ऑफ आर्टीरियर अह अक्रॉस सम टाइम लिमिट ठीक है अच्छा जी अक्रॉस अ पीरियड ऑफ टाइम अब इसमें ये बात गौर करने की है इसका जो फॉर्मूला मैंने दिया था वो स्लाइड में मौजूद है वह डायस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर प्लस वन बाई थ्री पल्स प्रेशर यानी पल्स प्रेशर का एक तिहाई लिया आपने और उसको जमा कर दिया डायस्टोलिक प्रेशर तो आपका मीन आर टी रेशर आ गया ठीक है अब इसमें जो परसेप्टिव स्टूडेंट है जिसने पढ़ा है वो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात नोट करेगा इसमें डायस्टोलिक प्रेशर दो जगह रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसा है या ऐसा नहीं है सवाल है अब आप लिख सकते हैं जो लिखना बात है ना एक तो डायस्टोलिक प्रेशर लिखा हुआ है पहला उसका डायस्टोलिक प्रेशर ही लिखा है। तो तो है। ही। तो हुआ है। लेकिन उसके बाद जो हमने एक वहां भी कंपोनेंट है तो महसूस में डायस्टोलिक प्रेशर का जिक्र है। एज कंपेयर टू सिस्टोलिक और ये बिल्कुल सही आप नतीजा आपने अखज किया मीन आर्टीरियल प्रेशर में डायस्टोलिक प्रेशर का ज्यादा हाथ है एज कंपेयर्ड टू तो सिस्टोलिक प्रेशर जी बेटा अब अब ठहर जाओ अब मुझे बात करना है ठीक है रुक जाओ अब ये क्यों है ठीक है ये क्यों है ये इसलिए है कि ब्लड प्रेशर बनता है हार्ट की कारकरदगी से स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से और जो आर्टीरियल कंप्लाइंस होती है हालांकि मैंने खामोश रहने के लिए कहा था लेकिन अरीज बोल पड़ी है बिल्कुल हार्ट जो है वो ज़्यादा टाइम डायस्टली में गुजारता है एज़ कंपेयर्ड टू सिस्टली तो जाहिर है हार्ट एक मेन किरदार है ब्लड प्रेशर की के बनने में तो ब्लड प्रेशर में भी जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर का जो फेज़ होगा वो डायस्टली को रिप्रजेंट करेगा एज़ कम्पेयर टू सिस्टली ये इसका जवाब ठीक है बस ये इतना ही इसके बारे में कोई सवाल है आपका मेन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में ये ये 100 100 mm 100 पे सरप्राइजिंगली नहीं लिखा मैंने ये 100 mm के 100 mm के अराउंड अराउंड होता है है ठीक ओके नेक्स्ट अप हम चलते हैं मेन आर्टेरियल प्रेशर की एग्जांपल्स पे ठीक है मीन आर्टियल प्रेशर के एग्जांपल्स मैंने वैसे ऐसी दे दी थी अगर कोई आड़ा तर्चा एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं आ, बेटा इसके अब वही बात है इसके कई तरीके हैं फार्मूले के मीन आर्टिकल प्रेशर के भी कई तरीके हैं ये सिर्फ एक तरीका है ये सिम्पलस्ट तरीका है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है और ये किताबों में अंडर ग्रेजुएट की किताबों में ज़्यादातर यही तरीका यूज़ किया गया ठीक है आ, ये ये बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंटेशमेंटेश एक्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है वो तो डायरेक्ट एओटा और बड़ी आर्ट्रीज में वो इंस्ट्रूमेंट घुसा के बैठ के बाकायदा लाइव देखते हैं इन रियल टाइम देखते हैं लेकिन अब हर आदमी में तो आप ये काम नहीं कर सकते ठीक है ना ये तो बड़ा इन्वेसिव किस्म का खतरनाक काम तो फिर उन रीडिंग्स जो एक्चुअली डायरेक्ट इन्वेसिव टेस्टिंग के बाद जो रीडिंग्स निकलती हैं उनको फिर इंटरप्रेट किया जाता है कि भाई ये रीडिंग कैसे आई है ठीक है फिर पता लगता है कि अच्छा इस इस ये रीडिंग शायद इसलिए आई है कि इसमें ज्यादा इसका किरदार है फिर कम इसका किरदार है वगैरह इस तरह ये फॉर्मूले डराइव होते हैं ठीक है ओके मीन आर्टीरियल प्रेशर की जो एग्जांपल्स हैं वो दो हैं अगेन बात वही है कि आप लोगों के ना एम सी हैं कोई आड़ा तिरछा एम आ जाए तो कोई पता नहीं चलता इसलिए मेरा कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया जाए ताकि वो कवर हो जाए एथ्रोसलोरो पर कल काफी गुफ्तगु हुई थी तो इसमें अगर आप पे के एम आता है कि जी पल्स प्रेशर को क्या होता है एथरसरोसिस में तो मेरा ख्याल है कि आप वो, आप लोगों को काफ़ी क्लियर होना चाहिए कि पल्स प्रेशर जो है वो बहुत चेंज होता है क्योंकि क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को अपोज करती हैं तो जब आपको फॉर्मूला पता है तो आपको समझ आ जा जाएगी कि वो दोनों एक दूसरे को शॉर्ट ऑफ कैंसल आउट कर देंगे एक्सरसाइज में इंटरेस्टिंग बात होती है याद रखिए कि जो माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज है उसमें मेन आर्टीरियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ करता नहीं होना चाहिए सिर्फ स्ट्रेन एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर बढ़ता है ठीक है और ये बात आपको याद आएगी कि मैंने जब रहनमसूल बताए थे पांच सर्कुलेशन के रहनुमा असूलू बताए थे आपको तो मैंने आपसे कहा था कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को इंडिपेंडेंटली रेगुलेट किया जाता है और बथेरे किस्म के मैकेनिज्म हैं जो इसको नॉर्मल रेंज में रखते हैं आपको याद होगा ये बात वो बात आज आपको समझ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के जरिए आ रही है कि इवन एक्सरसाइज में जब ब्लड प्रेशर आपके ख्याल से बढ़ता है नहीं बढ़ता ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ने दिया जाता वो और तरीके से मैनेज होता है टिश्यू अपने अपने लेवल पे उसको मैनेज करते हैं नहीं मैंने मैंने कहा था बहुत जोर से कोई क्वेश्चन है तो ये तुम्हें जोर से क्वेश्चन ये वाला है, है? अभी ठहर जाओगे मैं पहले उसको समराइज कर दूं पूरा तो एक्सरसाइज को तीन एक्सरसाइज तीन तरह से डिस्क्राइब होती है तीन तरह की एक्सरसाइज होती है माइल्ड एक्सरसाइज हल्की पुल्की ब्रेथ मॉडरेट जॉगिंग स्ट्रेन ठीक है एक्सरसाइज़ स्ट्रेन का जोर लगा के इज एथलेटिक आप ओलंपिक की रेस में जा रहे हैं या आप मैराथन में जा रहे हैं या हंड्रेड मीटर प्रोफेशनल रेस में आप जा रहे हैं और आप एक एथलीट हैं उसमें वो होती है स्ट्रेन एक्सरसाइज तो बात ये हो रही है कि माइल्ड और मॉडरेट जो एक्सरसाइज है उसमें ब्लड प्रेशर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता हल्का फुल्का वही बात है कुछ डिग्री ऊपर कुछ डिग्री नीचे उसकी बात नहीं हो रही बढ़ने का मतलब है ठीक ठाक बढ़ना बिल्कुल नहीं बढ़ता क्योंकि वो सारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म लगे हुए हैं उसको नॉर्मल रेंज में रखने के लिए ठीक है स्ट्रेन एक्सरसाइज में हाउ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ठीक है अच्छा अब एक्सरसाइज का एक सनारी है आपके सामने है एक्सरसाइज में उसने कहा जना आपके स्ट्रोक वॉल्यूम भी पड़ेगा और हार्ट रेट भी पड़ेगा अब यहां पे आपने एक चीज नोट करनी है जो आगे इसका पूरा एक चैप्टर है पूरा एक अलग से डिस्कशन है कि कार्डिक आउटपुट क्या चीज होती है तो मैं वो आज हल्का सा आपके कान में डाल रहा हूँ इस परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है यह हल्का सा कान में डाल रहा हूँ शायद याद रह जाए ना भी रहे तो हम इसको डिटेल में कर लेंगे कार्डिक आउटपुट का एक फॉर्मूला है कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे आपके सामने बस इतना वेलकम बैक और ऑब्वियस सी बात है ये कि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पर डिपेंड करता है क्योंकि कार्डिक आउटपुट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प पर यूनिट टाइम तो हार्ट कितनी दफा एक यूनिट टाइम में पंप करेगा वो हार्ट रेट है और कितना पर बीट ब्लड निकालेगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम है तो ये बड़ी ऑब्वियस बात है तो खैर तो एक्सरसाइज जनाब्याली दोनों चीज़ों को इंक्रीज करती है तो कार्डिक आउटपुट कर दिया उसने इंक्रीज ठीक है कार्डिक आउटपुट को वो इंक्रीज करती है लेकिन वो आर्टीरियल जो साइड uh, है वहां पे वो वेजो करती है ये बात मुझे आपने पूछनी है जब हम लोकल ब्लड फ्लो रेगुलेशन करेंगे यही बात आपको उस वक्त समझ में आएगी कि भाई ये वेजो कैसे हो गई ये वेजो मतलब एक्सरसाइज uh, में कैसा क्या मसला हो गया कि जो टोटल पेरीफ्र रेजिस्टेंस है वो नीचे आ गई अच्छा इसमें एस लिखा हुआ है एस और आर और टीपीआर सेम थिंग टोटल पेरीफ्रल रेजिस्टेंस यानी वो पूरी की पूरी ये वो उसमें है स्लाइड में है अगर आप गौर करें तो पॉइलीज लॉ से पहले डिस्कस हो रहा है आ, कि सारी अगर आप आर्टीरियल्स की जितनी भी रेजिस्टेंस वो कर रहे हैं इन सारों का इकट्ठा कर लें, उसको कहते हैं हम टीपीआर टोटल पेरीफ्रल रेजिस्टेंस ऑबियस बात है उसको कुछ किताबें एस कहती हैं सिस्टेमिक रेजिस्टेंस, uh, एक ही बात तो भाई बात ये हो रही है कि एक्सरसाइज में टीपीआर घटता है कम होता है ठीक है आ, चलो कंफ्यूजन ज्यादा ना रहे मैं एक लाइन बता देता हूं क्यों होता है क्यों क्योंकि स्केलेटल मसल अपनी आर्टेरियोल्स को कहते हैं डायलेट हो जाओ हमें ब्लड की ज्यादा जरूरत वो डायलेट हो जाती है जब वो डायलेट हो जाती है तो जाहिर है रिजिस्टेंस तो कम हो गई ना और स्केलेटल मसल एक बहुत बड़ा ऑर्गन है तो जब उसकी तमाम की तमाम आर्टीरियल डायलेट होती हैं, तो टोटल जो टीपीआर की वैल्यू है वो घटती है सो कार्डिक आउटपुट बढ़ रहा है और टीपीआर नीचे हो रही है यस yes? ठीक है आ, ये थोड़ा सा हार्डकोर सर्कुलेशन शुरू हो गई है इस एग्जाम्पल में ठीक है मैंने सोचा था आपको डिस्कस करूं ना करूं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए लेकिन इसके ना हल्का हल्का आगे भी टच आएगा ठीक है ना सर्कुलेशन बाय द वे आज से ऑनवर्ड्स अब जो सर्कुलेशन है वो अब जरा हार्ड कोर है इसलिए साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है अभी भी 45 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इस काउंटर पे तो अल्लाह खैर तो उन बच्चों से कहो कि अब प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर दे ठीक है थीके? यहां तक बात समझ में आ गई आपको एक्सरसाइज में मीन आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा चेंज नहीं होता क्यों नहीं चेंज होता क्योंकि मीन आर्टीरियल प्रेशर जैसा आप जानते हैं दो अवामिल पे, पे डिपेंड कर रहा होता है कौन कौन से अभी बताया मैंने मीन आर्टीरियल प्रेशर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है वो क्या चीजें होडिक आउटपुट और वो जो कंप्लायस है या टीपीआर कहले उसको ठीक है इन दो चीजों पे वो डिपेंड कर रहा होता है शाबाश ठीक है इनको इनकी मल्टीप्लीकेशन पे एक्चुअली डिपेंड कर रहा होता है ठीक है सो so, आपने आज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला भी देख लिया कार्डे का आउटपुट इनटू टीपीआर ठीक है नाउ बेटे एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है तो ब्लड प्रेशर हो क्या होगा सेम रहेगा मैथमेटिक मैथमेटिक्स है ठीक है कार्डे आउटपुट बढ़ा रहे हैं टीपीआर है, है? कम कर रहे हैं तो सेम रहेगा ना अब मैंने आपसे कहा था ना कि ब्लड प्रेशर सेम रखा जाता है लेकिन मैनेज किसी और तरह से तरीके से होता है तो अगर आप थोड़ा सा ओवर करें तो यहाँ पे क्या गेम हो रही है गेम ये हो रही है कि पंप को आपने कर दिया हाइपर कि भाई तुम तो ना ज़्यादा पर यूनिट टाइम ज़्यादा ब्लड पंप करो तुम आने तो आर्टीरियल प्रेशर को हम संभाल लेंगे अब ज़्यादा ब्लड आर्टीरियल ट्री में आ रहा है पर यूनिट वॉलीम पर यूनिट टाइम येस ब्लड प्रेशर क्यों नहीं पढ़ क्यों नहीं पढ़ क्योंकि आपने आगे वाली टूटी बिल्कुल खोल दी है आपने जो आर्टीरियल्स हैं उनको डायलिट कर दिए तो ब्लड आ जरूर रहा है ज़्यादा लेकिन वो आर्टेरियल ट्री में ठहर नहीं पा रहा वो फटाफट आगे दौड़ जाता है रन ऑफ हो जाता है ठीक है जहाँ पे उसको चाहिए जहाँ पे उसकी जरूरत है वो मसल है इसलिए आर्टेरियल ट्री में प्रेशर नहीं बढ़ पाता हालांकि उसमें वॉलीम अब पहले से ज्यादा आ रहा है लेकिन क्योंकि नीचे से आर्टीरियल्स आपने खोले रखे वे, वे, हुए हैं खुले हुए हैं डायलेट हुए हुए हैं तो ब्लड सिंक कर जाता है फ़ौर उननी यहाँ से इस पूरे कॉलम से वो जल्दी गिर जाता है निकल जाता है इसलिए प्रेशर ऊपर नहीं जा पाता ये बात समझ में आ गई ये बात बड़ी मतलब पुठी सी है समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है ठीक है और अच्छी बात यह वो भी वो भी इसको देख के थोड़ा सा उसको समझ ले अच्छा इसका इसका जो दूसरा पहलू है वो पल्स प्रेशर है मैंने वैसे इसको टाइम किया था लेक्चर को कि आधा घंटा मैं दूंगा एक मिनट ऊपर हो गया तो अलजस्ट रैपिट आप आखिरी पॉइंट है एक्चुअली इसके बाद स्लाइड भी नहीं है इसकी पल्स प्रेशर हो क्या हो पल्स प्रेशर, हो क्या, हो? प्रेशर हो क्या हो सेम रहेगा वो भी मीन आटेल प्रेशर तो सेम है पल्स प्रेशर भी सेम रहेगा पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि सिस्टॉलिक बढ़ गया डायस्टोलिक के सिस्टोलिक बढ़ गया ठीक है चल ये हो गई बात we'll खत्म हो गई बात ठीक है ये बात हमने कर ली अब हम आते हैं माइक्रो सर्कुलेशन ठीक है अब वो वाला लेक्चर हो गया खत्म अब हम माइक्रो सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं माइक्रो सर्कुलेशन में ऐसे को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको एक दो चीज़ें अनाउंसमेंट्स करनी है वो ये करनी है कि माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो अच्छा कहते हैं किसको है, किस है माइक्रो सर्कुलेशन हम आ, बात कर रहे हैं आर्टेरियल सारे ट्री की तो हमने आज बात खत्म कर दी हमने बात की भाई प्रेशर उसमें क्या होता है उसका उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं एटा होता है आर्ट्री होती है ये होता है वो होता है आर्टीरियल का क्या काम होता है वगैरह अब हम उसके हम बेसिकली ना सर्कुलेशन के थ्रू एक, एक सैर कर रहे हैं अब हम कपिलरीज पे आ गए कपिलरीज माइक्रो सर्कुलेशन ठीक है वहाँ पर लिम्फेटिक्स भी पड़े हुए तो वो भी उसमें हल्का सा हम टच करेंगे उसको और उसके बाद वो वेन्स बन जाते हैं तो वो वेन्स भी हमने डिस्कस करेंगे ठीक है, है तो माइक्रो सर्कुलेशन एंड लिफेटिक सिस्टम के साथ अब हम डिस्कस करेंगे ठीक है, है लेकिन ये जो सेक्शन है सर्कुलेशन का इसको पढ़ने का तरीका आपके लिए ये है जो मैं बताने लगाऊंगा आपको आपने लेक्चर जो है वो कवर टू कवर पढ़ने सुनने देखने वटेवर और आपने एक आदमी <coughs> आपने एक दो रीडिंग्स इसके पूरे टेक्स्ट की भी देनी है, ठीक है जो भी किताब आप उसको फॉलो कर मिनी गाइडन कर लो जैसे भी कर मेरे लेक्चर्स देख लो मेरे लेक्चर्स भी काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है। हाव मैं इस लाइव सेशन में सारी बातें डिस्कस नहीं करूँगा ठीक है मैं जो डिस्कस करूँगा वो वो डिस्कस करूंगा जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो बातें भी जिनको किए बगैर ये वाला सेगमेंट कंप्लीट मैं जो पसूड़ियाँ हैं मैं वो उन पे बात करूंगा और जो एग्ज़ाम रिलेटेड बातें हैं उन पे बात करूँ ठीक है तो ये बात क्लियर होगी इस जिम में फिर वेंस पे आ जाते हैं वेंस में एक इंपॉर्टेंट बात है वेंस में दो चीज़ें हैं बेटे एक बच्चे ने कल या परसों एक सवाल किया था कि जी ये वेंस में प्रेसर का जिक्र हो रहा था वो बच्चा पता नहीं उसको याद भी है या नहीं मुझे तो याद है मुझे बच्चा नहीं याद मुझे सवाल याद एक बच्चे ने सवाल किया था कि जी ये प्रेशर आर्टीरियल आर्टरीज वगैरह में तो होते हैं वेन्स में कौन किस चीज कौन उसको पुश करता है आगे? तो मैंने उस वक्त आपको दो जवाब दिए थे अगर आपको याद हो मुझे अपने जवाब भी याद हैं आज मैं उनको रिपीट करता हूं कि एक तो पीछे से थ्रस्ट आ रहा होता है लेकिन वो कपिलरी आते, आते आते तक काफी हद तक थक गया होता है वो जो पुश है फिर वेन्स को अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर कौन फिर उस ब्लड को चढ़ाता है ठीक है नहीं वैस तुमने नहीं किया था किसी बेटी ने किया था ठीक है, शायद तुमने भी किया हो लेकिन मुझे याद है किसी बच्ची ने किया था अच्छा लेकिन आज उसका जवाब आपको मिलता है ठीक है अगर आपने देखा हो अगर आपने स्लाइड देखी हो या लेक्चर देखा हो तो यहां पर अब वीनस पंप से हमारी क्या बोला था वीनस पंप से अब आपने सोचना यह है कि ब्लड हमने आर्टरी के जरिए कपिलरी तक पहुंचा दी है अब भाई कपिलरी अगर कहीं इधर इधर आस या ऊपर पड़ी हुई है वो तो ठीक है स्पेशली अगर ऊपर है अब ब्रेन से ब्लड ने वेनस साइड से वापस आना है हार्ट को तो वो तो सिंपल है हार्ट इधर है ये ब्रेन है या फेस है या नेक है तो इस एरिया से इस हार्ट के ऊपर ऊपर जो जगह है उनसे वेन्स जो ब्लड वापस ला रही है उनको कुछ चैलेंज होगा हार्डली कोई चैलेंज होगा क्यों क्योंकि वो ग्रेविटी को फॉलो कर रहे हैं ब्लड वो तो बस गिरना है उसने देट इट वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इसलिए जिन चीजों का अब हम जिक्र करने लगे हैं वो इस जगह हार्ट के इस जगह नहीं होती हल्की पुल्की होती है ज्यादा नहीं होती मुसीबत पड़ती है हार्ट से नीचे हार्ट से जो नीचे है अब थोरैक्स का हिस, एक हिस्सा है फिर एबडोमन आ जाता है पेल्वस आ जाता है लोअर लिम्स आ जाती है ठीक है और फिर अपर लिम्स के वो हिस्से जो हार्ट से नीचे वाक्य हुए उनकी तो वॉल जो है वो ऑटरी के बेड थिन होती है ठीक है इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह आपको आज समझ में आएगी तो अब यह कैसे होता है हम चलते हैं हार्ट से सबसे दूर जगह वो कौन सी जगह है बेटे बॉडी में हार्ट से सबसे फारदेस्ट जगह कौन सी फुट है फुट है ठीक है आप जाके फुट में बैठ जाएं अम्मी के तो वैसे ही फुट में बैठना चाहिए लेकिन वो वाली बात नहीं मैं ऐसा कर रूहानी बात नहीं कर मैं कह रहा हूं आप फुट की कपिलरीज में जाके बैठ जाए बैठ के अब आप कपिलरी के वीनस साइड पर चलना शुरू करें जब आप चलते चलते वीनस साइड पर आएंगे वहां से बाहर निकल आए उस कपिलरी के नेटवर्क से बाहर निकल आए अब क्या होगा अब छोटे छोटे विनियोल्स मिलेंगे आपको आप उनमें से भी चलते हुए आ जाए ऊपर अब आप ऊपर की तरफ देखना शुरू हो जाएंगे ठीक है आप देखेंगे कि वो वो वो वो जो हैं हैं आपस आपस में में उनका हो रहा है वो मिल रहे हैं आपस में। और वो बड़ी बड़ी वेन्स बना रहे हैं उसके बाद वो और बड़ी वेन्स बन रही हैं एंड एंड सो ऑन सो फॉर तो पूरा आप आप जो ऐसे करके ऊपर देखोगे तो पूरा एक स्ट्रक्चर वेन्स का नजर आएगा आपको यही नजर आ रहा है <coughs> वेरी गुड क्योंकि ये ऐसा ही होता है नहीं बेटा वीना केवा अच्छा क्लास जो है ना वो मेरे से कुछ छ साल आगे भागती है ठीक है ना वीना केवा बेटे हार्ट के पास होती है हम तो पैर में मैंने आपको पैर में बिठाया था हार्ट के पास तो नहीं बिठाया ठीक है ना पैरों में जगह मिलेगी तो दिल में जगह मिलेगी क्या बात क्या बात शेयरी भी होगी सुबह सुबह अच्छा जी क्या बात हो रही थी हाँ अब आपने ब्लड के साथ आ, अपना सफर शुरू करना है ऊपर की तरफ ठीक है आपको महसूस होगा कि भाई ये प्रेशर तो बड़ा कम है अभी हम फुट में ही हैं बड़ी मुश्किल से हम लेग में आए हैं तो ये कैसे होगा आप तो वेन के अंदर है ना आपको लगेगा इस वेन को ना बाहर से को दबा रहा है ये क्या हो रहा है वो होते हैं वो मसल्स स्केलेटल मसल्स ऑफ द लोअर लिंग आपके हर वक्त एक ए, उस कैफियत में होते हैं कि वो अगर आप स्पेशली अगर आप चल फिर रहे हैं ठीक है या मूव कर रहे हैं आप बिल्कुल स्टिल होकर तो नहीं ना बैठ जाते हैं बिल्कुल स्टिल होकर अगर आप बिल्कुल स्टिल होके बैठते हैं तो पैरों में स्वेलिंग भी फिर हो जाती है yes? अगर आप मूव करते रहते हैं और जहर आपकी एज में तो बंदा एक जगह बैठ ही नहीं सकता ठीक है ना तो आपके लिए तो यह बड़ा फिट एक बात है तो वो और मूवमेंट अच्छी भी होती है ज्यादा देर बैठना चाहिए भी नहीं आपको पता है न्यू स्म सिर एक्सटेंडेड कर नहीं सकते न्यू स्मोक इतना ही मुजर है सेहत के लिए इतना स्मोकिंग मुजर है ठीक है अच्छा अब आपने महसूस किया कि भाई ये तो बाहर के मसल हैं ये इसको आ, बिल्कुल हाँ जी नमन भी इस वजह से होती है। ये इसको एक तरह से ना मिल्क कर रहे हैं इसको दबा रहे हैं <coughs> वेंस को सॉरी अब वो जो दबा रहे हैं उसको यानी मसल्स वेन को दबा रहे हैं तो ये मैंने उस वक्त भी बात की थी जब उस बच्चे ने सवाल किया था कि वेन्स वेन है अब ये वेन्स है आप ये बैठे हुए हैं वेंस ऐसे करके ऊपर जा रही है ऐसे जा रही है ठीक है इसमें आप देखें आपको नजर ऐसे ऐसे करके दरवाजे हैं थोड़े थोड़े फासले के ऊपर ऐसे ऐसे ये वेन्स में स्पेशली लोअर लिम्स की वेन्स में वैल्व होते हैं वेल्व्स लगे हुए वे होते हैं ठीक है जिनका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होता है वो खुलते ऊपर की तरफ है बंद पीछे की तरफ होते हैं तो जब आपको महसूस होगा कि अब आप पे दुनिया तंग हो रही है वेन के अंदर वो दबाया जा रहा है तो एक्चुअली ब्लड को पुश किया जा रहा है कि भाई तुम ऊपर वाले हिस्से में चले जाओ जब ब्लड ऊपर वाले हिस्से में चला जाता है और जैसे ही वो ग्रेविटी से मजबूर पीछा नहीं कोश करता है तो नीचे वाला वेल्व बंद हो जाता है ये बंद हो गया अब ब्लड ऊपर ट्रैप हो गया अब फिर इसको मजीद दबाया जाएगा यहां से ये फिर ऊपर ऊपर चला जाएगा जैसे इस वेल्व के पीछे आना आना चाहेगा, फिर वो वेल्व बंद हो जाएगा इस तरह से इसको बकायदा जीने चढ़ाया जाता है, ठीक है ये इतना ठक ठग ठक करके नहीं होता ये एक स्मूथ फ्लो होता है मैं तो आपको रोक रोक के बता रहा हूं एक बड़ी वेल्स प्रिवेंट बैक फ्लो बिल्कुल ऐसे ही ठीक है और क्या होता है एक मसला एक बीमारी हो जाती है जो लोग ज्यादा वेट उठाते हैं जो मजदूर हैं या उनकी उनकी ऑक्यूपेशन कुछ इस तरह की है कि उनको वेट उठाने का प्रॉब्लम होता है या कोई और बीमारी भी हो सकती है उसमें ये जो वेल्स हैं ये नाकारा हो जाते हैं वो जो वेंस हैं आप वो उनको नाड़े कहते हैं वो बिल्कुल आपको नुमाया ऊपर नजर आएंगे सर्फेस अनाटमी की तरह नजर आएंगी आपको ठीक है उनमें मसला होता है उनको फिर एक प्रोसीजर होता है एक सर्जरी होती है उनको करवानी पड़ती तो जनाब अली आपने मुशायदा किया कि लोअर लिम से ऊपर ब्लड को कैसे लेके जाया जाता है अब ब्लड आ गया पेल्विस में पेल्विस से ऊपर अब एबडोमिन में आ गया एबडोमिन में सारे विसरा पड़े हुए हैं इंटेस्टाइन्स पड़ी हुई हैं उनके गुच्छे पड़े हुए हैं ग्लैंड पड़े हुए हैं स्टमक पड़ा हुआ है बथेरी चीज़ें ऐसा ही है तो जनाब आपकी जो अब इन्फीरियर बेना केवा अब जाके बनेगी और वो ऊपर चलेगी वो पुष्ट पे होती है आपके वो पोस्टीर एबडामल वॉल पर होती है ऐसा ही होता है तो एब्डोमिनल वॉल के आगे सारे ये विसरा हैं। तो जब ये विसरा मूव करते हैं या दाए मूव करते हैं तो ये अंदर विसरा मूव करते हैं वो विसरा भी उनको ना प्रेशर लगा लगा के ऊपर लेके जाते हैं उधर भी वही सारा मामला होता है ब्लड ऊपर जाना होता है और ये विस्रा के जो प्रेशर है का, ऐसे से करके वो उसको पुश कर रहा होता है कि चल ऊपर चलो ठीक है यहां तक बात ठीक है इसको एबडोमिनल पंप कहते हैं बेटा ये जो सवाल अरेंज आपने कर दिया है ये या तो पुराना सवाल आया है ये इसका इस सवाल का इस इस वक्त तो कोई चक्कर नहीं बेटा कोई चेम्बर कोई फोर्स नहीं होती एक्टिव प्रोसेस नहीं होता है, सारा पैसे प्रोसेस है वो हल्का फुल्का जो पीछे से प्रेशर था ना वो थोड़ा सा जीने को चढ़ा देता है और उसके बाद ये मसल्स वग़ैरह और मूवमेंट वगैरह उसको ऊपर करती रहती हैं ठीक है एक्टिव फोर्स कोई नहीं होती है। अच्छा बताओ जल्दी से बताओ रीज क्या सिंपथेटिक सिस्टम का क्या तुमने जोड़ा इसे वो इसको कंस्ट्रिक्ट करती है को ये है अगर आप ये पूछना चाह रहे हो हाँ, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम का जो रिश्ता है स्केलेटल मसल से वो उसके वेसल्स के साथ है स्केल्टल मसल कॉन्ट्रेक्शन डिफरेंट थिंग ठीक है अच्छा कमिंग बैक जब ये वेन्स ऊपर चढ़ गया और ये एबडोमिन में आ गया एबडोमिन मैंने आपसे कहा कि विसरा भी ये वाला काम कंप्रेस कर करके उसको ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं मैंने सांस लिया उसने फॉरन ही मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया वेलकम बैक सांस ले रहे हैं और खारिज कर रहे हैं ठीक है इनहेल एक्सहेल ये कर रहे हैं ना जब आप करते हैं तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है वैक्यूम क्या करता है वैक्यूम ब्लड को ऊपर सक करता है क्या शान है उस रब की है सारा पैसे प्रोसेस सोचो रेस्पिरेशन पैसे प्रोसेस नहीं है जो ब्लड की ऊपर तक तरसील है वो पूरा सेकेंडरी प्रोसेस है पैसे प्रोसेस है जब आप चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं तो अंदर वैक्यूम बनता है नेगेटिव प्रेशर बनता है नेगेटिव प्रेशर इसको खेच खेचता है ऊपर की तरफ यह बात समझ में आई नहीं भाई आप एक ट्यूब लें पानी की पानी कहीं और है पानी बाल्टी के अंदर है आपने ट्यूब डाली ये किया ये क्या किया आपने या आपने चलो इसकी सॉरी और मजेदार एग्जांपल दिया आप पेप्सी पी रहे हैं या आपने पेप्सी नहीं पीनी आप, पी आप फ्रेश जूस पी रहे हैं येस वेलकमिंग प्रेशर वेरी गुड दैट्स गुड आप फ्रेश जूस पी रहे बेटा फ्रेश जूसेस पिया करो ये फजूल चीज़ें ना पिया करो मेहरबानी करो ये डब्बे के जूस भी ना पिया करो फ्रेश जूस पिया करो या पानी पिया करो कोशिश किया करो कभी कभार पी लिया चलो ईद शराव में लिया वरना कोशिश करो ये ना पढ़ो मोटापा इससे है डायबिटीज इससे है और और भी मसायल इससे हैं ठीक है अच्छा खैर तो ये जो आप इंस्पिरेशन जब आपने की तो वो सेक्शन प्रेशर बना सेक्शन प्रेशर वैसे ही ब्लड को खींच के रखता है ये वो दूसरा बड़ा मेन फोर्स है जो वेंस में ऊपर की तरफ ना सब कर यानी मूव कराता रहता है ब्लड को एंड रिमेंबर इट्स क्लोज सर्किट वो याद है आपको जो रेड ट्यूब वाली एग्जाम्पल वो नहीं भूलनी आपने है ये ठीक है।, है? तो ऊपर से वो पुष आ रहा है वो भी हल्का फुल्का वहां तक जाता है और दूसरा ये जो थुर, पंप, इसे का पंप है, इसने जो सक्शन लगा के रखी हुई है हर इंस्परेशन के साथ ये ऊपर सब करता है इसको, ये बहुत ज्यादा ठीक है और एक्सप्रेशन के दौरान दबाता है इंस्पिरेशन के दौरान खींचता है खेचता है दबाता है खेचता है दबाता है उससे क्या होता है कि ब्लड जो ऊपर आया हुआ होता है दबने के दौरान वो हार्ट के अंदर घुस जाता है इनफीरियर वेना केवा की अब बात हो रही है अब जाके इन्फीरियर वेना केवा कहाँ खुलती है राइट right एट्रियम में खुलती है सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवी बेटे इवेंट कॉमेंट्स प्लीज ना करें ठीक है सारे लोग डिस्ट्रैक्ट होते Uh, दूसरा बात है सेंट्रल uh, वीनस प्रेशर की ये आज हम इनशाला कर लेंगे इसमें देखो जो वेरियस सन्ारी मैंने दिए हैं ये एक जाहिर मेरी ऑडियंस सिर्फ ये कॉलेज नहीं है आ, आ, कुछ और भी ममालिक हैं उनमें देखी जाती हैं वीडियोस वगैरह और उनमें कुछ क्लिनिकल स्टूडेंट्स भी हैं एम बी स्टूडेंट्स भी, भी, भी हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा बात करनी पड़ती है मेन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है सेंट्रल वीनस प्रेशर तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा ठीक है अगर मैं आपसे पूछूँ कि राइट एट्रियम की क्या इंपॉर्टेंस है वीनस रिटर्न के लिए तो आप क्या कहेंगे तो सोचेंगे यार राइट एट्रियम तो हार्ट का हिस्सा है रिटर्न वेन से आ रही है ये सर ने क्या क्या दो कलाब मिला दिए ऐसा तो नहीं जहन में कुछ आ रहा तो फिर ठीक करूं मैं आपको हाँ ये वैसे दो लफ्ज में ये कहानी कंप्लीट होती है वेलकम चैंबर है बिल्कुल राइट ए टी एम इज द वेलकम सारा ब्लड ने रिसीव होना है जो इतनी तगो दुआ के बाद हार्ट के नीचे जो भी एरियाज़ से लाया गया पकड़ पकड़ के लाया गया यस नाउ यहां पे प्रेशर जो है वो लो रखा जाना चाहिए ये बात भी ऑब्वियस है मैं देख रहा हूँ कॉमेंट्स तो बच्चों ने पढ़ा है यहां पर प्रेशर अगर आपने दिया अप कर दिया मसला वो वेलकम नहीं ना रहेगा वो तो आप फिर पुश कर रहे हैं उसको पीछे तो वेलकम के लिए वहां पे आइडियल जीरो के अराउंड जीरो टू टू थ्री तक ठीक है टू, और के ऊपर मामला ठीक है तो जीरो या वन टू बस ठीक है ये वो वो प्रेशर है इसको राइट ए टी एम काम ही इस पर होता है और ये वो वेलकमिंग प्रेशर है जो आराम से ब्लड को आने देता है राइट ए ठीक है आ, ये प्रेशर इत, इस तरह से क्यों रहता है ये बढ़ क्यों नहीं पाता ठीक है लेफ्ट एट्रियम में तो मुख्तलिता है लेफ्ट एट्रीएम का प्रेशर ज्यादा होता है क्यों क्योंकि उसमें से सारा जो ऑक्सीजेड ब्लड वहां पर डंप हो रहा होता है ठीक है ना तो वो ज्यादा होता है हाउ एवर राइट एट्री एम की जो कहानी है वो जरा थोड़ी सी डिफरेंट है राइट ए ट्री एम में इसको कम रखा जाता है वेलकम वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल क्योंकि लगातार काम कर रहा है तो वो राइट एट्रियम में ब्लड रहने नहीं देता वो उसको कॉन्स्टेंटली ड्रेन करता रहता है तो वो इसलिए कम रहता है ठीक है जो ब्लड आता है वो आगे तो उसकी दरसील हो जाती है ठीक है आपको ये मामला उस वक्त समझ में आता है इसकी इंपॉर्टेंस जब राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है जब राइट वेंट्रिकल फेल हो जाता है तो आप इमेजिन करें क्या क्या होता होगा बल्कि सोचें जरा थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल मैंने फेल कर दिया बाकी सब ठीक है राइट एटीएम ठीक है राइट वेंट्रिकल फेल हुआ है। थोड़ा सा और हैं आपको राइट right वेंट्रिकल भी ठीक है लेकिन पल्मनरी आर्टरी जो वेन जो लंग के अंदर गई है उसका प्रेशर सम बढ़ गया है पल्मनरी हाइपरटेंशन हो गई है लंग्स की जो है अंदर सर्कुलेशन उसमें हाइपरटेंशन हो गई है अब होगा क्या वो ऐसा तो पूरा इनाके उड़ा दिया, वेरी गुड ब्लड नहीं जाएगा आगे अच्छा फिर क्या होगा अच्छा ब्लड फ्लो कहाँ करो सप्लाई का मतलब होता है आप किसी टिश्यू को सप्लाई कर रहे हो हार्ट की बात हो रही है तो ब्लड फ्लो अच्छा तो मेरा का काटेगा आउटपुट अच्छा आप जरा वेंस की साइड पे नहीं आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए आप आगे जा रहे हो <coughs> वेंस की साइड पे आगे अच्छा फिर आगे जा रहे हो वेंस की साइड बताओ मुझे क्या होगा चलो डायरेक्ट सवाल राइट ए को क्या होगा सात मिनट रह गए सोचो राइट वेंटिकर फेल हो गया है या पलमनरी हाइपरटेंशन है तो राइट right एट्रियम को इस इस पे क्या इफेक्ट होगा इसका पहले नॉर्मल थे तो यहां पे प्रेशर कम होता था हा ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा यस यहां लाना चाह रहा था आपको राइट right एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा क्यों क्योंकि जो सौदा पीछे से आ रहा है वो आगे नहीं जा पा रहा क्योंकि आगे आप राइट वेंट्रिकल फेल करा के बैठे हो या अगर राइट वेंट्रिकल ठीक है तो आगे जो सब है वो ये कि ब्लड का फ्लो जो है वो उस तरह से नॉर्मल नहीं रहेगा जब फ्लो नहीं रहेगा तो राइट एट्रियम में आहिस्ता आहिस्ता आहिता आहिस्ता प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे खींच देते हैं अब प्रेशर यहां बढ़ना शुरू हो गया अब क्या होगा अब वेन्स में जो ब्लड नीचे से ऊपर आ रहा है ट्रैफिक जैम हो जाएगी या जैम होनी शुरू हो जाएगी या नहीं हां ठीक है क्योंकि अब वेन्स जो ऊपर ला रही हैं इन्फीरियर वेन अकेवा की बात हो रही है वो राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो रुक रुकना शुरू हो जाएगा क्योंकि आगे वेलकमिंग प्रेशर नहीं है अब तो वो डिस्करेजिंग प्रेशर बन गया अब ठीक है अब ब्लड डंप होना शुरू हो जाएगा वेन्स में डंप नहीं यानी रुकना शुरू हो जाएगा ठीक है स्टेसिस कहते हैं इसको स्टेसिस होना शुरू हो जाएगी यस yes? इसकी वजह से अडीमा होना शुरू हो जाएगा सो so, जो पेशेंट्स राइट हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं पेरीफरल अडीमा पैरो में अडीमा उनका बहुत बड़ा एक फीचर होता है नाउ यू अंडरस्टैंड कि राइट हार्ट फेलियर में अडीमा कैसे होता यस एडीमा yes? तो बताए ना क्या होता है वॉट इज अडीमा ब्लड in तो right तो जमा होना शुरू हो जाएगा वो आता आता प्रेशर पीछे आना शुरू हो जाएगा वो कपिलरी के लेवल पर जब जाएगा तो वो प्रेशर कपिलरी में तो हल्का फुल्का भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत पड़ जाती है ठीक है जब कपिलरी की साइड पे भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें बाहर मजीद बाहर निकलना पहले भी निकलता है लेकिन अब नॉर्मली बाहर ऊज आउट होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से इंटरसिशम में ज़्यादा बढ़ जाएगा वो उसको कहते हैं एडिमा पिटिंग एडिमा ये पिटिंग एडिमा होगा जब आप एंकल पे उंगली रखे प्रेस करेंगे और फिर छोड़ेंगे तो उसमें गढ़ा पड़ेगा बकायदाय ठीक है ओके जी ये है जनाब सी का मामला ठीक है कल हम इस बाकी के जो चैप्टर है इसको हम सालिंग फोर्सेस वगैरह पे मैं बात करूंगा डीमा बात करके इसको हम करेंगे खत्म ठीक है सी बी नॉर्मल के अराउंड है ये एक्सप्लेन करना है सी बेटे इसको जीरो और वन और टू के अराउंड ही रखा जाता है बाय ए नॉर्मल फंक्शनिंग वेंट राइट वेंट्रिकल एंड ए नॉर्मल फंक्शनिंग पलमरी सर्कुलेशन अगर हर चीज नॉर्मल है ना तो राइट वेंट्रिकल इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं पाता डिमांड एंड सप्लाई समझते हो ना वो जो इकोनॉमिक्स के रूल है डिमांड एंड सप्लाई जो सप्लाई आ रही है वो डिमांड आगे इतनी ज्यादा है कि वो रुक नहीं पाती वो आगे चली जाती डन चलो इनशा कल मुलाकात हुई असल वर सॉरी सॉरी अटेंडेंस अटेंडेंस लगाओ जी अटेंडेंस प्लीज अभी हैं दो तीन मिनट है जल्दी अटेंडेंस लगा लो ओ बच्चों आज किसी ने अटेंडेंस नहीं लगवानी है 52 किड्स। किट्स सी आर कोई है यहाँ पे लो मेरी ये मैसेजिंग रुक गई है समा या आप लोग शायद मैसेज कर नहीं रहे आई डो नो मेरी आवाज आपको जारी नहीं जारी अटेंडेंस सी जो है वो लगा के फिर मुझे फॉरवर्ड कर दे ठीक है ओके अल्लाह हाफिज अच्छा ठीक है ओके okay, ऑल